सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आत्महत्या की सूचना देने वाले किशोर को ढूंढकर पुलिस ने उसकी जान बचा ली ये किशोर मानसिक रूप से बेहद तनाव में था पुलिस ने किशोर के परिजनों को भी इसके बारे में समझाइश दी है एक आई डी से आत्महत्या करने की जानकारी सार्वजनिक की गई थी जिसकी सूचना लगते ही तत्काल कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने मामले को संज्ञान में लेकर साइबर सेल और बड़वारा थाना से विशेष टीम का गठन कर पोस्ट करने वाले व्यक्ति तक पहुंचने के निर्देश दिए थे साइबर सेल की मदद से पोस्ट करने वाले व्यक्ति की लोकेशन बड़वारा थाना क्षेत्र की सामने आई लोकेशन के आधार पर पुलिस नाबालिग किशोर तक पहुंची किशोर मानसिक तनाव की स्थिति में एक पेड़ के पास बैठा नजर आया उससे पूछताछ की गई तो किशोर ने बताया की पिछले कुछ दिनों से घरेलू समस्याएं हो रही है जिसे लेकर मैं आत्महत्या करने का विचार मन में ला रहा था और अपने आत्महत्या करने की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को दे दी थी फिलहाल देने के बाद परिजनों को सुपर्द कर कर दिया गया है। इंस्टाग्राम पोस्ट किया था था जिसमें लिखा कि मैं फांसी लगा आत्महत्या जैसे ही इसकी सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को पता चली उन्होंने तत्काल ही मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित किया जिसमे उन्होंने बड़वारा थाना प्रभारी एवं साइबर टीम की मदद से उनको पहुंचाया वहां पे पर कल हम टीम वहां पे पहुंचे पहुंचते ही बच्चे को वहां से लेकर के उसके माता पिता के पास पहुंचाया जो तो काफ़ी घबराया हुआ था उसको समझाइश दी गई एवं उसके माता पिता को ये जानकारी दे गई कि आपके बच्चे ने इस तरह का पोस्ट किया है जिसके माता पिता को कोई भी जानकारी नहीं थी मौके पर ही समझाइश देने पर बच्चा काफ़ी समझ गया एवं उसने सारी चीज़ें इंस्टाग्राम से डिलीट की और उसने ये प्रॉमिस भी किया कि आएम बस इस तरह के पोस्ट नहीं करेगा